और हमारा सिस्टम शाकाहार के लिए बना है मैंने तो देखिए साफ साफ कह दिया मैं साइंटिफिक आदमी हूँ मैं गाय को माता नहीं मानता हूं जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है जो जानवर है और दुनिया खाती है गाय बीफ अमेरिका खाती है यूरोप खाती है अफ्रीका खाते हैं चाइना रशिया ऑस्ट्रेलिया इवन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान थाईलैंड हमारे हिंदुस्तान में भी अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है दुनिया खाती है आप वो सब बुरे लोग हैं आप ही साधु संत है हद कर दी की गाय को माता मानना और पूजा करना नहाय बेवकूफ़ी की बात है गाय एक जानवर है जैसे घोड़ा कुत्ता होता है उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता असलम नाजरीन इन पोस्ट्स को जरा ध्यान से देखिए बकर से पहले कुछ गैर मुस्लिम ने इस तरह की पोस्ट को बहुत ज्यादा फैलाया कि जो लोग माज खाते हैं वो लोग नर्ग में जाएंगे जो लोग माज खाते हैं वो लोग बिग सिनर्स हैं और इस तरह की बहुत सी बातें की गई जिससे कि एक मुसलमान की भावनाओं को तकलीफ़ पहुंचती है हालांकि दिवाली के मौके पर ये लोग कितनी गंद मचाते हैं इतना एयर पोल्यूशन होता है कि हमारे शहर दिल्ली में तो घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो जाता है इसके बावजूद हम मुस्लिम्स पोस्ट बना करके या फिर इस तरह की बातें नहीं फैलाते जिससे कि एक हमारे हिंदू भाई की भावनाओं को जो है तकलीफ़ पहुंचे। अब आइए इन पोस्ट के ऊपर जो है मजमू तौर से बात कर लेते हैं कि क्या एक इंसान के लिए मांस खाना अलाउड है नॉनवेज खाना क्या एक इंसान के लिए अलाउड है तो इसका जवाब आपको इस्लाम में मिलेगा हाँ अलाउड है यही जवाब आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा और जीव के यहाँ भी आपको यही जवाब मिलेगा इवन हिंदुज़म में भी जो है माज खाना अलाउड है परमिटेड है इसी वजह से आप देखेंगे कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद जो है मांस खाती है लेकिन खानदानी रस्मों व रिवाज की वजह से बहुत से हिंदू जो है मांस खाने को अलाउड नहीं समझते हैं हालांकि मनुस्मृति अध्याय पाँच श्लोका नंबर तीस में साफ ये लिखा हुआ है कि भगवान ने कुछ ऐसे जानवर बनाए हैं कुछ जानवर खा जाने के लिए बनाए हैं और कुछ जानवर को जो है खाने के लिए बनाए हैं तो जिन जानवरों को भगवान ने खाने के लिए बनाया है उन जानवरों को अगर आप खाते हैं तो आप कोई गुनाह नहीं करते इसी तरह से मनुस्मृति अध्याय नंबर पाँच श्लोका नंबर इकतीस में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर को पूजा के लिए कतल करते हैं तो आप कोई गुनाह नहीं करते यानी अगर आप जानवर को इबादत के लिए कत्ल करते हैं तो आप कोई गुनाह नहीं करते और हमारे गैर मुसलमान भाइयों को शायद ये पता ना हो कि हम मुसलमान ईद अजहा के मौके पर बकर के मौके पर ख़ास तौर से जो है इबादत के मकसद से ही जानवर ज़बहर करते हैं वरना किसी को ये शौक़ नहीं है कि वो जो है पैंतीस के चालीस के महंगे बकरे ला के जो है सिर्फ गोश्त खाने के लिए जो है इतने महंगे बकरे खरीद करके ले आए इसी तरह से आगे वर्ष नंबर थर्टी और फोर्टी में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान ने कुछ जानवरों को जो है बनाया है ताकि उनकी कुर्बानी की जा सके और उन्हें खाया जा सके कुछ हिंदू जो है इसका जवाब ये देते हैं कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर फाइव के वर्स नंबर वन से लेकर के वर्स नंबर फोर्टी वन तक ये श्री के ख़ुद के अपने अल्फाज नहीं है ये उनके ख़ुद के वर्ड्स नहीं हैं बल्कि सुनने वाले से समझने में कोई ग़लती हो गई है या फिर कोई दूसरी वजह है लेकिन ये श्री के खुद के अल्फाज नहीं हैं और इसकी वजह वो लोग ये बताते हैं कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर फाइव के वर्स नंबर फोटी सेवन फोटी एट फोटी नाइन और फिफ्टी वन यानी अगले ही कुछ वर्सेस में मांस खाने वालों की बहुत ज़्यादा बुराई की गई है इसी वजह से वो लोग ये कहते हैं कि वन से लेकर के फोर्टी वन तक ये वर्सेस जो हैं ये श्री के खुद के अल्फाज नहीं हैं हालाँकि मेरे पास इसके अलावा और भी हिंदू स्क्रिप्चर से रेफरेंसेज मौजूद हैं जिसमें साफ़ मैंशन है कि आप जो है मास खा सकते हैं आपके लिए माज खाना अलाउड है मैंने इन श्लोकाज को आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि इन श्लोकाज के अंदर बिल्कुल क्लियरली मेन्श है कि आप मांस खा सकते हैं आपके लिए मांस खाना अलाउड है वरना हिंदू स्क्रिप्चर्स से मेरे पास और भी बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं जिसके अंदर ये साफ़ लिखा हुआ है कि आप मांस खा सकते हैं सिंपली ये कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि आप माँ खा सकते हैं और कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि आप मांस नहीं खा सकते हैं यानी हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन्स मौजूद हैं और ख़ुद हिंदू पंडित भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी किताबों के अंदर मिलावट हो चुकी है ये पूरे के पूरे खुदाई कलाम नहीं है जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि क्रिश्चन्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे बाइबल के अंदर मिलावट हो चुकी है बाइबल के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन्स मौजूद हैं इसी तरह से हिंदू भी जो है हिंदू पंडित भी जो है इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी किताबों के अंदर जो है मिलावट हो चुकी है तो मैं सिंपली अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी किताब को फॉलो ही क्यों करते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन्स मौजूद हैं जिसकी एक हुक्म को आप मानेंगे तो दूसरे हुक्म के खिलाफ वर्जी हो जाएगी दूसरे हुक्म की मुखालफत हो जाएगी जबकि आपके सामने एक ऐसी किताब मौजूद है जिसके अंदर नो no कॉन्ट्रडिक्शन कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश भी की लेकिन बेचारे नाकाम हो गए ये एक ऐसी किताब है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और ये किताब इसको तकरीबन लाखों करोड़ों लोगों ने जो है याद कर रखा है और इस किताब पे सबसे ज़्यादा दुनिया में अमल किया जाता है इस किताब ने जो है लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है उनकी सोच और फ़िक्र को बदल दिया है ये तो मैं आपको इसकी दुनियावी अहमियत बता रहा हूँ और नायक मुसलमान के लिए इस किताब की अहमियत समझने के लिए यही काफ़ी है कि ये किताब अल्लाह रब्ल की तरफ से नाजिल की हुई है ये अल्लाह रबुज़त का कलाम है अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हिंदू धर्म में ये चीज़ आई कहाँ से तो हिंदू धर्म में ये चीज़ जो है जैन धर्म से आई है जो लोग बिलीव करते हैं अहिंसा या अहिंसा में यानी नॉन वायलेंस में बिलीव तो हम भी करते हैं लेकिन हम इसका वो मतलब नहीं लेते जो इसका वो लोग मतलब लेते हैं यानी वो लोग कहते हैं कि किसी भी जानवर को खाने के लिए मारना ये जो है उस जानवर के खिलाफ वायलेंस है उस जानवर के ख़िलाफ़ जुल्म है हम इसे पूरी तरह से नहीं मानते हैं क्योंकि इसे मानने की वजह से बहुत सारी खराबियां लाजिम आएंगी सबसे पहले तो ये कि अगर ऐसा ही है फिर तो पेड़ पौधों में भी जो है जान होती है आपको सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट खाना भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को भी जो है नुकसान होता है उनको भी तकलीफ़ पहुँचती है इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तब ये लाजिम आएगा कि खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है वो खुद ही जो है इस कायनात में वॉयेंस फैला रहा है खुद ही इस कायनात में म को आम कर रहा है क्यों क्योंकि उसने कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं और वो अपनी भूख को जो है गोश्त खाकर को ही मिटा सकते हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो जो है दूसरे जानवरों का कत्ल करते हैं दूसरे जानवरों को मारते हैं तो इस तरह से जो है खुदा एक जानवर के जरिए से दूसरे जानवर पर म करवाता है तो इससे ये लाजिम आएगा जो कि किसी तरह से सही नहीं है इसी वजह से जो है हम इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं मानते हैं हाँ इस्लाम में भी किसी जानवर को बेवजह तकलीफ़ पहुँचाना इसी तरह से बेवजह उसे मारना ये अलाउड नहीं है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इसी तरह से कुछ जो और अच्छे जानवर हैं उनको खाने के लिए जो है इस्लाम में उन्हें ज़बर करना जायज़ है यहाँ एक बात और ये कि जिन जानवरों को खाने से इंसान को नुकसान हो सकता है इंसान बीमार हो सकता है इंसान को बीमारियां हो सकती है इस्लाम ने उन जानवरों को खाने से खुद ही मना कर दिया है भाई ये सरकार के बारे में मत पूछिए इनके लोगों का दिमाग खराब हो गया किस तरह से चार साल से बिहेव कर रहे हैं हद कर दी दु, दुनिया में हम लोगों की नाक कटा दी हिंदुस्तान की मैं अमेरिका में अभी छह महीने रह के आया हूँ अभी जून से दिसंबर तक था लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे की ये किस तरह के पागल लोग हैं की किसी को पकड़ के मार डाला की यह गाय काट रहा था